अब ये इस लहरों को उत्पन्न करने में ये मुख्य भूमिका पृथ्वी का, का घूर्णम गति चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इसमें होता है जबकि आप देखेंगे हीरोइन गाना गाती है सा, सागर में उठने वाली हर लहर को सलाम ये तोरा खी उठ रहा है कई तो चंद्रमा आपकी से उठ है पृथ्वी है। है। तो कहते हैं इसको देख के मन्नत मांगिए ना तो कुछ पूरा हो जाता है स्टूडेंट लाइफ में लड़का सब मन्नत कौन चीज मांगता है सर कि भगवान बड़ी दिन से पीछे पड़े होते हैं ये दिल फंसा दीजिए। अरे लोन कल का मन्नत मांगता है सर इस ताकत थोड़ी है ये तो छूट रहा जो हर से क्या हो रहा है गिर रहा है लेकिन जब कभी ये पूरी तरह जले बिना अब पूरी भाग से पृथ्वी पर गिर जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं उलका ये बिहार में मध्यपुरा के पास गिरा था ये देखिए ये क्या है उलका है इसे दे दिया गया था उलका को जब ये जल रहा है तो इसे कहते हैं उल्का देखिए जल रहा है तो इसे क्या कहेंगे उल्का। और जल के जब ये पृथ्वी पर गिर जाता है तो उसे उल्का पिंड कहते हैं यहाँ मेटर या मेट्रॉइड के नाम से जाना जाता है इसे बिहार के मुख्यमंत्री को भी सौंपा गया था वो इसे म्यूजियम में रखवा दिए थे इस उल्का पिंड को किसी चीज़ का जब मास बढ़ता है तो उसकी ग्रेविटेशन पावर बढ़ने लगती है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण पहले की तुलना में अब ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि उसकी मास बढ़ रहा है किसके वजह से उल्का पिंड वजह से और अगला इफेक्ट क्या पड़ता है अगर कोई चीज घूम रही है जैसे हम ऐसे ऐसे घूम रहे हैं तो घुर्नन कर रहे हैं तो हमारे ऊपर बोझ लाद दीजिएगा ना चार पाँच किलो का सामान लाद दीजिएगा तो हमारी स्पीड घट जाती है तो ये एक्स्ट्रा बोझ ही तो है जो पृथ्वी पर आके गिर रहा है जिस वजह से पृथ्वी की जो घूमने की रफ्तार है वो घटते जा रही है क्या हो रही है घट रही है तो आज से लगभग नौ मिलियन पहले पृथ्वी बहुत तेज घूमती थी तो अट्ठारह घंटे का ही दिन होता था अभी थोड़ा लुसुर लूसूर घूम रही है तो लुसुरुस घूमने से दिन अभी 24 घंटा का हो गया है हम तो चाहते हैं कि इतना धीमा घूमे पृथ्वी कि दिन 30 घंटे का हो जाए लेकिन 900 मिलियन के बाद ये दिन 30 घंटे का होगा 30 घंटे का हो जाता है कितना बढ़िया रहता है छः घंटा में काम कर लेते बाकी 24 घंटा में अपने एप्लीकेशन पे पढ़ाओ यूट्यूब पे पढ़ाओ कहीं पढ़ाओ समझा कि दिन ही छोटा हो जाता है तो आने वाले नौ मिलियन साल बाद पृथ्वी पर इतना उलका गिरेगा कि एकदम ये नुसरा हो जाएगी नूसरा समझते हैं और इतना धीमा हो जाएगा कि तीस घंटे का क्या होगा एक दिन होगा जल्दी हो कम इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं मून कहते हैं और हिंदी में चंद्रमा उर्दू में क्या कहते हैं इसे महताब कहा जाता है कहते हैं ना कि मेरी निगाह ने यह कैसा ख्वाब देखा है जमी पे चलता हुआ माहताब देखा है समझ आ गया नहीं अरे YouTube है इसको थोड़ा सा कम होना चाहिए हम एप्लीकेशन। चंद्रमा का बहुत महत्व है बचपन में मम्मी क्या कहती है कि चंदा मामा बचपन में क्या कहती है चंदा मामा और वही लड़का जब बड़ा हो जाता है ना तो मम्मी कहती है चांद सी दुल्हन लाएंगे अरे ससुराल तू इसका मतलब तू मामा को दुल्हन बना रही है अरे अरे तो ये कहने के लिए चंदा मामा दूर के पूवा पका के अभी तो हाल ही में करवा चौथ बीता है करवा चौथ में पत्नी अपने पति को चलनी में देखती है फिर चांद को देखती है और गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को चायछन्नी में देखती है क्योंकि उसका पावर कम है तो फिर ये सामान भी छोटा होना चाहिए ये वाला नुकसान प्राइम प्राइमरी से होता है क्योंकि स्पीड ज्यादा होती है क्षति इससे सबसे कम होता है इससे क्षति सबसे ज्यादा होता है ये तो बीच वाला है तो बीच में रहेगा अब आपके मन में आएगा इससे सबसे तेज है तो सबसे ज्यादा क्षति करना चाहिए इसको नॉर्मल भाषा में समझिए आप जब किसी से दिल लगाते हैं तो अगर मान लीजिए किसी से आप दिल लगाने गए और बहुत हाई स्पीड में दिल लग गया एक के बार मुलाकात हुआ तुरंत फ़ोन नंबर मिल गया एक दो दिन बात हुआ बहुत अच्छा तब तक आप देखें कि ले भाई साहब दो बजे रुपया तो उसका मोबाइल बिजी आ रहा है तो आपको एक क्षति होगा ना बहुत तकलीफ होगा लेकिन इससे आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा क्योंकि दोनों दिन तो हुआ था मिलते हुए जाओ या आओ जाओ तो इससे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी लेकिन अगर उसकी आने की स्पीड जिससे दिल लगा रहे हैं उसकी स्पीड थोड़ी कम रहेगी धीरे धीरे आएगा मन की चली कि एक थोड़ा सा पीछा किए घर कहाँ है भाई क्या करता है ये क्या करता है दो तीन महीना का समय लग गया अब बड़ी मुश्किल से नंबर मिला और दो तीन महीना बात हो गया तब जाके पता चला साल दूसरे से फसल है तो इसके तुलना में इसमें क्षति ज़्यादा लगी, क्योंकि आपने ज़्यादा वक्त दिया है थोड़ा धीरे धीरे स्पीड से आप आगे बढ़ेंगे तो तकलीफ थोड़ा ज़्यादा होगा दिल टूटने में अब मान बात करते हैं लव नवे से पता है लव इसकी स्पीड सबसे कम है अब कल्पना कीजिए कि आप मैट्रिक साथ पढ़े थे देखते थे इधर से उधर बात नहीं कर पाते थे फिर इंटर भी साथ पढ़े थे इंटर पास हो गए तो दोनों लोग तैयारी करने निकले लोग कि हम लोग तैयारी किया जाएगा दो तीन साल का लंबा मेहनत हुआ तब जाके आप दोनों लोग में बात बनी बहुत धीमी स्पीड से आगे बढ़े लोग और उसके बाद एक दूसरे तीन दो तीन साल ऐसे आप लोग में दोस्ती आगे बढ़ी आ तब तक पता चला किसी दूसरे के मोटरसाइकिल पे आप घूमते देख लिए तब तो जो मारेगा क्षति में भयानक क्षति होगा एकदम लाइफ ख़राब कर देता यही सब गाना सुनता है सब जग सुना सुना अरे बतलो सबसे भयानक क्षति एल तरह से होती है इसीलिए इसका नाम रखा गया लव हालाँकि इसकी वैज्ञानिक का नाम था लव एच लव अब समझ जाए ना ते जितनी धीरे स्पीड आएगा उतने ज्यादा क्षति होगा तो वही अच्छा है जो पहले लात खा गया और उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होगा जिनको एल तरंग मारता है ना बेचारा सुसाइड कर लेता है तो बकलोल होता है सब अरे कौन कहता है पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए